हे hey गाइज नमस्कार गुड मॉर्निंग आइए हम लोग उन उनसे मुलाकात कराते हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से प्यारे यूट्यूब चैनल टॉप टेन क्लासेस के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर रहे थे वो जो है उन्होंने इस चैनल से हर एक क्लासेस को अटेंड किया और अपने कॉलेज में जो है फर्स्ट रैंक हासिल किया है अपने कॉलेज में फ़र्स्ट रैंक हासिल किए हैं उनसे आइए चलिए मुलाकात करते हैं उन्होंने इस चैनल के माध्यम से क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ी वो खुद बताएँगे आप लोग भी देखिएगा गाइज आपका क्या नाम है श्री आशीष कुमार गौतम आप अपने बारे में बताइए सर मैं मझौली से पढ़ता हूँ सही माता पिता इंटर कॉलेज से पढ़ता हूँ गांव का नाम मझौली सामोन जौनपुर पापा का नाम पापा का नाम श्री जमुना प्रसाद मम्मी के नाम श्रीमती कृष्णावती देवी हाँ तो आपका रिजल्ट आया तो कैसा लगा कि आपने देखा कि आपका जो रिज़ल्ट आया एट्टी नंबर आ गए तो आपको उस रिजल्ट से कैसा लगा आपके फ्रेंड का क्या रिएक्शन रहा सही अच्छा रिएक्शन रहा सर हमारा भी अच्छा रिएक्शन रहा बहुत खुश हुए हैं हमारा पचास आया बस ये फ्रेंड भी मेरे पेरेंट्स ने सब अच्छे अच्छे कहे हैं पढ़ते रहे ध्यान से मतलब सबके चेहरे पे आ, खुशी छा गई खुशी टॉपलाइन क्लासेस के माध्यम से जो छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आपने अपनी तैयारी कैसे किया कितने घंटे पढ़ाई किए उसी में घर का काम रहता था उसी के बीच उसी पढ़ने के दौरान ही जो है बीच में कोरोना भी आया था तो आपने कैसे तैयारी किया कैसे प्रिपेयर किए जो है वो आप जो है हमारे हम फ्टन क्लास ऑनलाइन क्लास पढ़ते थे सर जी यहाँ पर हर क्लास लेते थे हमेशा सुबह सुबह पढ़ते थे सुबह पढ़ते थे स्कूल जाया करते स्कुल थे स्कूल से स्कूल से फिर आए कोचिंग तो जब आप पढ़ते थे जब तैयारी कर रहे थे जब क्लास चल रहा था फिर आपने ऑनलाइन क्लासेस लिया तो आपको क्या लग रहा था कि आपको ये लग रहा था कि हमने हम इतना पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी पढ़ाई से कितना मार्क्स आने वाला है उसमें आपको क्या लग रहा था ये बताइए हाँ सर हम ध्यान से पढ़ रहे थे सही सोच रहे थे नाइन्टी अपना टारगेट बनाए थे सर लेकिन जितना मेहनत की उस हिसाब से सही आया मतलब आपका टारगेट नाइनटी था आपने तैयारी को कहीं कुछ कमियाँ हो गई जिसकी वजह से आपने एट्टी नंबर पाया जो भी पाए हैं सो बढ़िया आए मेहनत करते रहिएगा आगे और इससे बेहतरीन नंबर आएगा आपका ठीक तो जो आपका रिजल्ट आया है आप उससे सहमत हैं यस सर सहमत हैं आप उससे सहमत हैं तो आप जो है इस जो इतना आपका परसेंट आयाटी फाइव परसेंटेज आया इस परसेंटेज के लिए आप अपने टीचर को क्या कहना चाहते हैं अपने टीचर को क्या कहेंगे सही सर सर सर अंकित पाठक हमारे बहुत बढ़िया सोर्स किए और सर टॉप टेन ऑनलाइन क्लासेस हम पढ़ते थे अच्छा बताया कोचिंग टॉप टेन क्लासेस के माध्यम से आप पढ़ते थे आपके हर ऑनलाइन कॉलेज के टीचर लोगों ने आपका अधिक ज़्यादा सपोर्ट किया तो आप इतना अच्छा परसेंटेज नंबर लाए 85 परसेंट नंबर आया आपका आप इसका श्रेय किसको देना चाहते तो? इसका श्रेय हम अपने माता पिता को देना चाहते हैं उसके बाद साथ साथ अपने टीचर को और उसके बाद श्री टॉप टेन क्लासेस क्लासेस को देना चाहते हैं जिससे हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते थे जो लॉकडाउन लगा था उसके बीच भी हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ इतना बढ़िया पढ़े आप भविष्य में आगे क्या बनना चाहते हैं हमारी ख्वाहिश डॉक्टर डॉक्टर बनना चाहते हैं अच्छा मतलब आप डॉक्टर बनना चाहते हैं डॉक्टर बन के जो है समाज सेवा करना चाहते हैं बच्चे जानना चाहते हैं कि परीक्षा के दौरान जब आप लोग हाई स्कूल का पेपर देने गए तो बोर्ड का पहली बार पेपर था इससे पहले कभी बोर्ड का पेपर दिए नहीं थे तो तनाव था मन में एक प्रकार का डर था कि बैच आते हैं पे बोर्ड के दौरान ये सब तो ये सब क्या मतलब आप लोग इससे कैसे दूर किए अपना डर कैसे समाप्त किए लो सर लोग सही पहले से ही समझा दिए थे कि डरना उड़ना नहीं है ध्यान से पढ़ जाइए उसका पेपर दीजिए अपना सही से अच्छा बढ़िया मतलब रिलैक्स रहना चाहिए हमेशा ठीक लास्ट क्वेश्चन है आपका जो है, आप जो है केवल एक बात ये बता दीजिए आपने इतना अच्छा परसेंटेज लाया एटी नंबर लाया हाईस्कूल में तो हमारे जो टॉप टेन क्लासेस के माध्यम से जो छात्र छात्राएँ तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि ये प्लेटफार्म कैसा है या कितने घंटे पढ़ाई करें कैसे तैयारी करें प्रिपरेशन करें कि वो आपसे बेहतर या आपके नंबर पा सके तो बताना चाहते हैं जो टापट क्लास सर है यहाँ पर सब ध्यान से पढ़िए और सर हमारे मैथ के टीचर अनकेत पाठक सर जो मैथ काफ़ी अच्छे तरीके से समझाते हैं पूरा डाउट क्लियर कर देते हैं टापट क्लासेस के माध्यम से जो क्यूज सॉल्व किया जाता है उससे हमको काफ़ी बेहतर बह, फायदा फा हुआ मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि टॉप टेन क्लासेस की तरफ से जो क्यूज सॉल्व कराए जा रहे थे उससे बोर्ड पेपर में या बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिला मतलब कि जो क्वेश्चन यहाँ बताए जाते थे, वो काफ़ी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिला था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जबरदस्त शेयर कीजिएगा चलिए हम लोग कुछ और टॉपर्स से मिलते हैं जो कि जिन्हें अपने अपने कॉलेज में अपने क्लास में जो है परचम लहराया है तो चलिए धन्यवाद